आई फ्रेंड्स वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल कैसे हो सब लोग आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे अभी मैं खेतने आया हूँ वीडियो शूट करने के लिए क्योंकि हमारे घर के आसपास इतना अच्छा लोकेशन ये है कि मैं वीडियो शूट कर पाऊँ तो खेत में वीडियो शूट करता हूँ और ना ही हमारे पास अच्छा कैमरा है ना ही माइक्रोफोन है इसलिए मैं फ़ोन से शूट करता हूँ और तो अपने इस बाइक को सपोर्ट कीजिएगा अभी नए हैं हमारे चैनल पर तो लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें और अभी मैं अपने एजुकेशन की बात करूं तो मैंने आईटीआई किया है अभी मैं एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता हूं कॉन्ट्रैक्ट बेस में अभी मेरी इनकम सात से आठ हज़ार ही है जो अपने फैमिली का कुछ सपना भी पूरा नहीं कर सकता हूं इसलिए मैंने सोचा चलो कुछ मेहनत करते हैं तो आप लोग के सपोर्ट के बिना ये कुछ नहीं है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय जैही भारत